नानी नानी पता है क्या तेरी मोरनी को मोर ले गए बताओ कैसे बताओ hmm. तो फिर सुनो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जब बचा था काले चो ले गए नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी उसके बाद क्या हुआ <laughs> बताती हूँ मोटे होके चोर बैठे रेल में चोरों वाला डब्बा कटके पहुँचा सीधा चोरों को क्या हुआ सुनो उन चोरों की खूब बल्ली को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने नानी तेरी मोर को मोले गए बाकी जो बचा था काले चोले गए नानी नानी नानी आइसक्रीम खाना है खाऊं अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ चलो अब हम साथ में गाते हैं गाओगे ना